अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है कसम है तूर की और एक ऐसी स्पष्ट किताब की जो पतली खाल में लिखी हुई है और बसे हुए घर की और ऊंची छत की और तरंगित समुद्र की कि तेरे रब का अजाब जरूर घटित होने वाला है जिसे कोई हटाने वाला नहीं वो उस दिन घटित होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे तबाही है उस दिन उन झूठलाने वालों के लिए जो आज खेल के रूप में अपनी हुज्जत बाजियों में लगे हुए हैं जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर जहन्नम की आग की ओर ले जाया जाएगा उस समय उनसे कहा जाएगा कि ये वही आग है जिसे तुम झूठलाया करते थे अब बताओ ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा है जाओ अब झुलसो इसके अंदर तुम चाहे सब्र करो या ना करो तुम्हारे लिए बराबर है तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम कर्म कर रहे थे डर रखने वाले लोग वहां बागों और नेमतों में होंगे आनंद ले रहे होंगे उन चीजों से जो उनका रब उन्हें देगा और उनका रब उन्हें दोजक के अजाब से बचा लेगा उनसे कहा जाएगा खाओ और पियो मजे से अपने उन कर्मों के बदले में जो तुम करते रहे हो वे आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिये लगाए बैठे होंगे और हम सुंदर आंखों वाली हूरों यानी परम रूपवती औरतों से उनका विवाह कर देंगे जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी संतान भी ईमान के किसी दर्जे में उनके पदचिन्हों पर चली है उनकी उस संतान को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे और उनके कर्म में कोई घाटा उनको न देंगे हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले रहन है हम उनको हर तरह के फल और मांस जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा खूब दिए चले जाएंगे वे एक दूसरे से मदिरा पात्र लपक लपक कर ले रहे होंगे जिसमें ना बकवास होगी ना दुष्चरित्रता और उनकी सेवा में वे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं की सेवा के लिए खास होंगे ऐसे सुंदर जैसे छिपा कर रखे हुए मोती ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे ये कहेंगे कि हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जीवन यापन करते थे आखिरकार अल्लाह ने हम पर अनुग्रह किया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया हम पिछली जिंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे ये वास्तव में बड़ा ही उपकारी और दयावान है अतः ए नबी तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के अनुग्रह से न तुम काहिन हो और न दीवाने क्या ये लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति शायर है जिसके लिए हम समय पलटने का इंतजार कर रहे हैं इनसे कहो अच्छा इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं क्या इनकी बुद्धियां इन्हें ऐसी ही बातें करने को कहती हैं या वास्तव में ये दुश्मनी में सीमा से आगे बढ़े हुए लोग हैं क्या ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये कुरान खुद गढ़ लिया है वास्तविकता ये है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते अगर ये अपने इस कथन में सच्चे हैं तो इसी शान का एक कलाम यानी वाणी बना लाएं। क्या ये किसी सृष्टा के बिना खुद पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने सृष्टा हैं? या जमीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है वास्तविक बात यह है कि ये विश्वास नहीं रखते क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं, या उन पर इन्हीं का हुक्म चलता है क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये ऊपरी लोग की सुनगुन लेते हैं इनमें से जिसने सुनगुन ली हो वो लाए कोई स्पष्ट प्रमाण क्या अल्लाह के लिए तो हैं बेटिया और तुम लोगों के लिए हैं बेटे क्या तुम इनसे कोई बदला मांगते हो कि ये जबरदस्ती पड़े हुए तावान के बोझ तले दबे जाते हैं क्या इनके पास गैब यानी परोक्ष की वास्तविकताओं का ज्ञान है कि उसके आधार पर ये लिख रहे हों क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं अगर ये बात है तो इनकार करने वालों पर उनकी चाल उल्टी ही पड़ेगी क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और इलाह यानी पूज्य रखते हैं अल्लाह पाक है उस शिरक से जो ये लोग कर रहे हैं ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख लें तो कहेंगे ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं अतः एनबी इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो यहां तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाए जिसमें ये मार गिराए जाएंगे जिस दिन ना इनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी ना कोई इनकी सहायता को आएगा और उस समय के आने से पहले भी जालिमों के लिए एक आजाब है मगर उनमें से ज्यादातर जानते नहीं है एनबी अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो तुम हमारी निगाह में हो तुम जब उठो तो अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बी करो रात को भी उसकी तस्बी किया करो और सितारे जब पलटते हैं उस समय भी बिस्मान रही मेरे प्यार खूबसूरत इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेलाइकन प्रेस कर चैनल पे आपको हर रोज नया इस्लामिक वीडियो मिलेगा इन शाह असल